नमस्ते आज से चलो सीखे चैनल का नाम बदल के डी हेल्पिंग एवरीवन किया गया है आज से चैनल डीके हेल्पिंग एवरीवन के नाम से जाना जाएगा तो आज हम बात करेंगे मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी संबंध अंगीभूत कॉलेज हैं उनमें पार्ट वन की दाखिले की जो आवेदन है वो शनिवार से शुरू कर दिए गए हैं ये आवेदन 25 जून तक भरे जाएंगे तो चलिए सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित सभी वीडियो का अपडेट आप तक सीधे पहुंचे चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं स्नातक पार्ट वन में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से यहाँ देख सकते हैं वोकेशनल कोर्सों में भी आज से होगा आवेदन अंगीभूत मगध सॉरी मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों में स्नातक पार्ट वन में दाखिले के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं स्नातक कला वाणिज्य व वा, विज्ञान वाणिज्य संकाय के सत्र 2021-24 में दाखिले के लिए स्टूडेंट्स मगध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यहाँ कहा गया है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं स्नातक कला कला विज्ञान वाणिज्य के सत्र 21 से 24 के जो भी छात्र हैं वे स्टूडेंट मगध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो इच्छुक है वहाँ एडमिशन कराने के लिए तो प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी के डी प्रोफेसर आरपीएस चौहान ने बताया कि शनिवार की हुई बैठक में निर्णय लिया गया और जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी लेने के मद्देनज़र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून तक रखी गई है इस कारण स्नातक पार्ट वन में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सा आवेदन कर एडमिशन ले सकेंगे यानी जो प्रक्रिया है 25 जून तक रखी गई है इसमें स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और आवेदन कर सकेंगे वहीं मगध यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित संचालित विभिन्न वोकेशनल व्यवसायिक कोर्स यानी जो कमर्शियल कोर्स होते हैं वो आपको विभिन्न वोकेशनल व्यवसायिक कोर्सों में दाखिले के लिए भी शनिवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं यानी ये भी आज से आमंत्रित किए गए हैं डी एस डब्ल्यू ने बताया कि मगध यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित संचालिस बेट्रल और फिजियोथेरेपी होटल मैनेजमेंट एमडीआरएम और विदेशी भाषा संस्थान बिलिस एम्लिस बीएड एड व रेगुलर सहित पंद्रह कोर्सों में दाखिले के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए यानी ये सभी भी कोर्से जो हैं ये आज से आमंत्रित की गई हैं इनके लिए भी आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 25 जून तक रखी गई है तो बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी स्नातक पार्ट वन में जो भी विद्यार्थी हैं जो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उस संबंध कॉलेज में तो वे पच्चीस जून आखिरी डेट है उस डेट तक आवेदन कर सकते हैं धन्यवाद